इसका मैं दिमाग के हर कोने से लिख लिख के सारे बाल उड़ गए लेकिन इन लोगों को एक्टिंग के नाम पे ये तक बैंड बजा रहे हैं और साथ में ये कैमरे के पीछे जो है ना बड़का हस रहे हैं पूरी मार दिए हैं संडे सारा पूरा, पूरा, पूरा, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिए हैं कहा बताएं लग गई है लग गए है और वो वहा देखो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है मन में ऐसे तो हो नहीं रही है मन से ही पढ़ रहा है धन्यवाद मतलब नहीं कि मैं मैं सड़क पे आ चुका एक घूम राम इसका मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पे आ चुका हूँ मैं एक स्ट्रगलर हूँ मतलब इस, इस सपनों के शहर मुंबई में अपने दिखा। वाओ वाओ मिस्टर मिस्टर तुमने क्या काम कर दिया। आज इस इंडिया में सिर्फ ल्होत्रा के नाम से ही जाना जाएगा क्योंकि ये लोगों के हेल्प कर जाता है मदद करता है और मदद जो करता है हमेशा भगवान के डायरी में आता है वाओ वाओ वाओ। बाय बाय क्यू। <laughs> एक मत तो एक बार कैमरे में नहीं देखा मुझे मुझे मत देख है। एक भी बार उसने कैमरे में नहीं देखा मुझे मत